नमस्कार स्वागत अभिनंदन दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में आज हम प्रस्तुत करेंगे दिनांक 11 सितंबर का दैनिक राशिफल बुधवार दिन रहेगा कैसा रहेगा मैं इससे लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए साथ ही साथ दर्शकों इस दिन को शुभ बनाने के लिए दिव्यतम से दिव्यतम प्रयोग हम आपको बताएंगे आपके लिए लकी नंबर कौन सा है लकी कलर कौन सा है शुभ दिशा आपके लिए कौन है अंत तक बने रहिएगा इन सभी विषयों पर प्रकाश डालेंगे आगे बढ़े दर्शकों उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बना बेल बेलाइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी सारी वीडियो बिना किसी बाधा के नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक जरूर पहुँचे और एक आवश्यक सूचना ये देनी है कि दिनांक चौदह और पंद्रह सितंबर को हम दिल्ली आ रहे हैं तो इच्छुक दर्शक जो कोई भी नई दिल्ली क्षेत्र से हैं या इनके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं आप लोग मिलकर के अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं आज का पंचांग क्या कहता है बुधवार दिन का तो विक्रम संबत् दो हजार छिहत्तर सख्त संबत उन्नीस सूर्योदय होगा प्रातः पाँच बजकर चौवन मिनट पर शाम को सूर्यास्त होगा छः पर शुक्ल पक्ष रहेगा त्रयोदशी तिथि सुबह पाँच तक की रहेगी इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि लग जाएगी त्रयोदशी तिथि को बैगन और चतुर्दशी को शहद इनको जो है मतलब खाने की मनाही होती हमारे शास्त्रों में बिल्कुल भी मना किया गया त्रयोदशी को आपको बैंगन नहीं खाना है चतुर्दशी को सहेद नहीं खाना है और बुधवार दिन रहेगा तो दिशा उत्तर दिशा की ओर रहेगा उत्तर दिशा की ओर यात्रा नहीं करिएगा यदि करनी पड़ जाए तो पहले चार पाग आप दक्षिण की ओर जाइए उसके उपरांत आप तिल से बनी हुई कोई वस्तु ग्रहण कर सकते हैं इलायची खा सकते हैं पिस्ता खा सकते हैं अथवा आप धनिया का सेवन करके तब यात्राएँ कर सकते हैं नक्षत्र जो रहेगा ये श्रवण नक्षत्र रहेगा दो बजे तक और धनिष्ठा नक्षत्र सुकर्मा योग रहेगा करण रहेगा करेगा कौलोत तैतिल और अंत में गर करण रहेगा ये पांच अंग जो होते हैं तिथिवार नक्षत्र योग करण पंचांग के पांच अंग हैं और बहुत ही ज्यादा ये मायने रखते हैं दर्शकों चंद्रमा की यदि हम बात करें तो चंद्रदेव देखिए सुबह तीन बजकर उनतीस मिनट तक मकर राशि में चलायमान होंगे इसके उपरांत कुंभ राशि में जाएंगे आ, राहु काल की बात कर लेते हैं राहुकाल एक ऐसा काल होता है एक ऐसा अशुभ समय होता है कि इस दौरान शुभ कार्यों को नहीं करना है तो दोपहर बारह बजकर तीन मिनट से एक मिनट तक की जो है आप लोगों को शुभ कार्यों को करने से बचना रहेगा शुभ कार्यों को करने के लिए कोशिश कीजिएगा कि हम जो आपको टाइम बता रहे हैं इस टाइम में करिएगा तो दोपहर दो बजकर मिनट से दो मिनट के बीच आप लोग कर सकते हैं शुभ कार्यों को या दो बजे से लेकर के पांच बजकर चौवन मिनट तक भी आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं आपके कार्य सिद्ध होंगे दर्शकों दिशा हो गया क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये सभी चीजें हमने आपको बता दी अब हमारा जो मेन टॉपिक आता है ये आता है राशिफल क्या कहता है आज का राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के लिए तो हमारी जो सबसे पहली राशि आती है यह आती है मेष राशि तो मेष राशि के जातकों चूँकि आज बुधवार दिन है तो आज के दिन सितारे इंडिकेट कर रहे हैं कि किसी पुराने दोस्तों से आपकी मुलाकात होने की संभावना है उनके साथ आज आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं आपके पिता के सहयोग से आज आपका कोई ज़रूरी कार्य जरूर पूरा होगा कार्य स्थल पर आज आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी आज आपको अपनी उपलब्धियों पर और आपके परिवार वालों पर आपको जो है आपके ऊपर प्राउड होगा खास करके जो विज्ञान के स्टूडेंट हैं उनके लिए आज काफ़ी कुछ अच्छा रहने वाला है और आज जो कोई जो है लोहे से संबंधित व्यापार कर रहे हैं उनको कुछ जो है अधिक धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा कुल मिलाकर के सामाजिक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी कोशिश कीजिएगा गणपतिथर्व शीर्ष का पाठ करिएगा आपके भाग्य को जो है बल मिलेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण वृषभ राशि क्या कुछ कहता है लेकिन वार्षिक राशिफल दो भी हमने डाल लिया है अपने चैनल पर सभी राशियों का पड़ गया है तो आप हमारे चैनल के प्ले में जा करके वार्षिक राशिफल देख सकते हैं और 14 और 15 सितंबर को दिल्ली में अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं यदि आपके भी मार्ग में कोई बाधा ही हो तो आप लोग एक बार जरूर हमसे मिलिए हमारी यह राय रहेगी तो वृषभ राशि के जात को आज का दिन कार्यक्षेत्र में तरक्की दिलाने वाला रहेगा माता पिता के साथ संबंध बेहतर रहेंगे हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहेगी डॉक्टर के पास आज आप जा सकते हैं आज कोर्ट कचहरी के किसी मामले में फैसला आपके पक्ष में रहेगा कुल मिलाकर के आज मन में प्रसन्नता बनी रहेगी आपके बच्चे आज बहुत मजे में रहेंगे खुश नजर आएंगे किसी खेल कूद में आज वो पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे आज आप लोगों आपसे वृषभ राशि के जातकों से कुछ लोग अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा रखेंगे किसी बड़ी मीटिंग में आज, आज आप जा सकते हैं किसी प्रभावशाली लोगों से आज आज आपकी बात हो सकती है बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध आपका बेहतर रहेगा सेहत के लिहाज से आज खुद को आप अच्छा महसूस करेंगे कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन मंदिर में दूध का दान जरूर करिए और आपकी सभी इच्छाएं इससे पूरी होगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा सफेद शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात राशि फल में हमारी अगली राशि आती है ये आती है मिथुन राशि कैसा रहेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन तो आज आप पूरे दिन नई ऊर्जा से भरे रहेंगे खास करके जो कोई शिक्षक है जो पढ़ाते हैं और गणित के मतलब मैथ के प्रवक्ता है लेक्चरर हैं आप लोग तो बहुत कुछ खास रहने वाला है आज आपके कार्यों में सफलता मिलेगी जीवन साथी के साथ आज, आज आप कहीं घूमने फिरने की बाहर की ओर प्लानिंग कर सकते हैं बिजनेस में सब कुछ अच्छा बना रहेगा आज, आज आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिलेगा इससे आपको फायदा होगा ऑफिस में आज, आज आप पार्टी का आनंद उठाएंगे मिथुन राशि के यदि आप हैं और वकील हैं तो आज किसी बड़े केस में आपकी जीत हासिल हो सकती है कोशिश कीजिए कि आज के दिन गणपतिया धर्म का पाठ करिए और इलायची धर्म स्थान पर जाइए रख के आइए दान करिए शुभ के लिए रहेगा ये हरा रहेगा शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छे शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम दिशा कर्क राशि कैंसर क्या कुछ कहता है आज का दिन तो आज स्वास्थ्य में साफ कुछ गिरावट हो सकती है आज घरेलू कार्यों में वस्त्रता बढ़ने की संभावना है परिवार में किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है आप अपने काम के लिए किसी से मदद ले सकते हैं आज आपको काम के प्रति किसी भी तरीके के आलस्य से बचना होगा आज आप अपने ऊपर किसी प्रकार का तनाव भी ले सकते हैं अपने खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए जो कोई फैशन डिजाइनिंग से संबंधित स्टूडेंट हैं उनके लिए दिन ठीक रहेगा कोशिश कीजिए कि आज ओम गंग कलर आपके लिए रहेगा। सभी में। राजा जो होता है वो सूर्य ही होता है सूर्यदेव की राशि है तो क्या कुछ रहेगा आज खास लेकिन चौदह और पंद्रह सितंबर को आप लोग दिल्ली में मिलना ना भूलिए तो सिंह राशि के जात को परिवार के साथ ज़्यादा समय मिताते हुए नज़र आ रहे हैं खास करके जो है जो कोई लोग राजनीति से जुड़े हैं उनकी समाज में एक अच्छी छवि बनेगी आज आपको बिजनेस में लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा जो लोग शेयर मार्केट में या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा पैसों से जुड़े कुछ काम आज, आज आपके जो है आसानी से होंगे आज दूसरों की समस्याएं सुन के आप उनको सॉल्व करेंगे जो जॉब युवा की तलाश में हैं उनको अच्छी नौकरी मिलने की आज संभावना है बिजनेस में आज आपकी तरक्की सुनिश्चित रहेगी कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ करिए और ओम गंगा गणपत नमह की एक माला जब के तब घर से निकलिए आपका दिन शुभ रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व कन्या राशि बुद्ध देव की राशि कैसा कुछ रहेगा आज आपका दिन तो कन्या राशि के जात को दिन तो आज आपका भाई एनर्जी भरा महसूस आज आप करते हुए नजर आएंगे आपके काम में स्थिरता बनेगी अपने अनुभव का आज आप प्रयोग सही दिशा में करेंगे जरूरी काम में जीवन साथी की सलाह लेना आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा आज प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन फेवरेबल रहने वाला है आज देखिए आपको स्थान परिवर्तन का योग भी बन रहा है और नई नौकरी मिलने का योग भी बन रहा है उच्चाधिकारियों से किसी खास विषय पर आज गहन चर्चा होगी आज आप किसी भी काम को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूर्ण करते हुए नजर आएंगे जिससे आपकी चहोर तारीफ होगी कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन किन्नरों को कुछ मीठा जरूर दीजिए अगर किन्नर नहीं मिलते हैं तो किसी महिला को हरे रंग के वस्त्र आप लोग जरूर दीजिए और कुछ मीठा जरूर खाने को दीजिए सुहाग की सामग्री भी दान में दे सकते हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगी येगी दक्षिण दिशा तुला राशि लिप्रा क्या कुछ कहता है आज का दिन तो आज अधिकारियों से आप अपने व्यवहार में थोड़ी सी सावधानी रखिए आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी परिवार में बेहतर तालमेल बनाकर रखिए रिश्ते मजबूत होंगे ऑफिस में आज कुछ फालतू के विवाद सामने आने की उम्मीद है आपको उनसे बचना चाहिए घर के बड़े बुजुर्ग शाम को जो है आज किसी धार्मिक सत्संग में जा सकते हैं आज आपके मन में खुशी रहेगी आज आपका व्यापार बढ़ेगा मित्रों से मुलाकात होगी सूर्य देव को अर्घ दीजिए आदित्य स्रोत का तीन बार पाठ करिए सौभाग्य में आपकी वृद्धि होगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि क्या कुछ कहता है आज का दिन तो आज ऑफिस में बड़े अधिकारियों का आपको सहयोग प्राप्त होगा आमदनी में इजाफा होने के बहुत प्रबल आसार नजर आ रहे हैं पूरे दिन खुद को आज आप बेहतर फील करेंगे राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज किसी विदेश यात्राओं जो है पे जाने का चांस बन रहा है घर परिवार का वातावरण शांतिदायक बना रहेगा आज आपका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर बहुत ज़्यादा रहेगा किसी को यदि आज आपने कर्ज दिया है तो आपको पैसे वापस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं कुल मिलाकर के धन के आज नए सोर्स खुलते हुए नजर आएंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों को तो वृश्चिक राशि के जातकों कोशिश कीजिए कि आज जब भी कार्यक्षेत्र पर निकलिए तो इलायची का सेवन करके निकलिए और अपने कार्यक्षेत्र पर आज इलायची की चाय चाय में इलायची ढलवा करके दो चार दस लोगों को जरूर पिलाइए आपका दिन बहुत शुभ रहेगा शुभ कलर आपके लिए क्या रहेगा तो साहब आपके लिए शुभ कलर आज रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पूर्व दिशा सेजिटेटिस्ट धनुराशि तो धनुराशि पर आगे बढ़े आप लोगों को पुनः सूचित करेंगे कि चौदह और पंद्रह सितम्बर को नई दिल्ली में रह रहे हैं यदि आपके भी मार्ग में बाधाएं आ रही हैं यदि आपके भी काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं भाग्य का प्रॉपर साथ आप लोगों को नहीं मिलता है तो पुनः हम आपसे कहते हैं कि आप लोग अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण जरूर कराइए कुछ ना कुछ अवरोध आ रहे होंगे होंगे उनको हम अपने ग्रह नक्षत्रों के अध्ययन करके आप लोगों को बताएंगे कुछ उपाय बताएंगे रेमेडीज़ बताएंगे और वो रेमेडी आपको सूट करेगी ऐसा हमारा पूरा विश्वास है तो धनुराशि के जात को खास आज आप लोगों को टीचरों का सहयोग मिलेगा मार्केटिंग से जुड़े कार्य कर रहे हैं उनको तरक्की के नए योग मिल कोई नई नौकरी आज मिलती हुई नजर आएगी उच्च अधिकारियों का आपको साथ मिलेगा कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का कुछ सामना करना पड़ेगा आज कोई नया टास्क आपको उच्च अधिकारी देते हुए आएंगे कैरियर में नए आयाम स्थापित करेंगे वाहन आज सावधानी पूर्वक चलाइएगा अन्यथा चोट चपेट लगा सकते हैं कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप लोग गणेश चालीसा का पाठ करके तब घर से बाहर निकलिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज पीला रंग शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा कैप्लीकॉन जी हाँ मकर राशि क्या कुछ कहता है तो आज अचानक घर पर कोई आपके जो है मित्र आ सकते हैं आज स्टूडेंट को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करने की जरूरत रहेगी तभी आपको सफलता मिलेगी आज बड़ों की सलाह लेना बेहतर रहेगा कुछ मामलों में आज अपनी बातों पर आप कॉन्फिडेंस नहीं ले पाए रह पाएंगे इससे आपको थोड़ी सी परेशानी होती हुई नजर आएगी आज कोई शाम तक की नया वाहन क्रय करने का योग भी बन रहा है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई महंगा गैजेट आप परचेज करते हुए नजर आएंगे कोई नया प्रेम संबंध आज आपका स्थापित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप लोग दुर्गा चालीसा का पाठ करिए और दुर्गा सप्तती का सिद्ध कुंज का स्रोत बहुत ही सिद्ध चीज़ है अमोघ चीज़ है विधाता की सबसे बड़ी शक्ति है तो इसका आप लोग जरूर श्रवण करिए पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पश्चिम दिशा एक्वायर्स जी हां कुंभ राशि लेकिन दर्शकों प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन आप लोग दबाइए हमारे इस वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए कम से कम पाँच सौ लाइक तो आने ही चाहिए इस वीडियो पर तो कुंभ राशि के जातकों आज ऑफिस में आपको पुरानी पहचान का फायदा मिलेगा रुके हुए आपके सारे काम आसारी से पूर्ण होंगे अगर आप अपने बड़े भाई बहनों के सहयोग से किसी भी काम को शुरू करेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी आज परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर या धार्मिक यात्राओं पर जाने का योग बन रहा है उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे आपके काम की तारीफ होंगे कोई नया प्रेम संबंध अथवा विवाहितों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है यदि अभी तक शादी नहीं हुई तो आज का दिन कोई रिश्ता आपका तय होता हुआ दिखाई पड़ रहा है विवाह का प्रस्ताव आ सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज गाय को आपको खोए से बनी हुई कोई चीज जरूर खिलानी रहेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्लैक शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात शुभ दिशा आपकी रहेगी ये रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा अंतिम राशि पर चलते हैं हमारी अंतिम राशि आती है मीन राशि तो मीन राशि के जात को आज आपका मन उत्साहित रहेगा नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छे ऑफर तने के योग बन रहे हैं आज प्रातःकाल से ही लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है घर में खुशी का माहौल रहेगा संतान पक्ष से आज कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है ऑफिस में कुछ लोग आज, आज आपकी ओर आकर्षित अनायास ही होंगे जीवन साथी के साथ आज, आज आपका तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा उनके साथ आज आप कहीं जो है बाहर जा सकते हैं और घर परिवार में आज कोई धार्मिक चीज़ों का आयोजन भी हो सकता है तो दर्शकों आज आपको उपाय क्या करना रहेगा कोशिश कीजिएगा कि आज गणपति थर्म का पाठ करिए और यात्राओं पर निकलने से पहले इलायची का सेवन और अपने जेब में इलायची जरूर रख लीजिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा सेफ्रॉन कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन शुभ दिशा आपके लिए रहेगी नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा तो ये तो था हमारा मेज से लेकर के मीन राशि का राशिफल कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए आपके जो है सुझावों को हम आमंत्रित करते हैं जो कुछ भी कमी रही हो उसके लिए क्षमा करिएगा और जो चीज़ पसंद आई हो उसको जरूर बताइए जो कमी रह गई उसको भी बताइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू हमारी वीडियो आप तक मिलती रहे इसके लिए सब्सक्राइब और बेलाइकन जरूर दबाइए दीजिए इजाजत मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार